जय हिंद ये जीआईसी लेक्चरर का सामान्य धन का पार्ट वन है और विशेषकर जीआईसी लेक्चरर के लिए ही बनाया गया है लेकिन इन एडेड जूनियर हाई स्कूल की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी और जिस परीक्षा में भी जीएस का पोर्शन आता है उन सभी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न प्रश्न नंबर एक है ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है ऑप्शन ए गायत्री बी अनुष्टुप सी त्रिस्टुप या फिर डी जगती इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए और आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठ गए होंगे हमारे साथ सॉल्व करते चलिए फिर लास्ट में बताइएगा आपके सवाल कितने सही हुए हैं आज हम आपको 40 प्रश्न करवाएंगे यदि आप लोगों के उसमें से पैंतीस सवाल सही होते हैं तो समझो आपकी तैयारी अच्छी है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गायत्री चंद्र सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लोकप्रिय है प्रश्न नंबर दो सिंधु घाटी सभ्यता सब की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है पकी ईट से बनी इमारत बी प्रथम असली मेहराब सी पूजा स्थल या फिर डी कला और वास्तुकला तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि 40 प्रश्न को डिस्कस करना है इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो हम बहुत ही जल्दी जल्दी ऑप्शन बता रहे हैं आपको पढ़ना हो तो रोक रोक के पढ़ लीजिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पकी ईटे से बनी इमारत प्रश्न नंबर तीन भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है ऑप्शन ए बौद्ध मत से बी जैन मत से सी वैष्णव मत से या फिर डी शैव मत से इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए आप लोग अपने पेपर पर लगाइए आप लोग लगा लिए होंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जयनमत से प्रश्न नंबर चार मुगल काल में किस जिले को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता था ऑप्शन ए आगरा को बी प्रयागराज को सी लखनऊ को या फिर डी जौनपुर को तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग लगाइए जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जौनपुर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी जौनपुर की स्थापना किसने की थी और किसकी किसके नाम पर किसके नाम पर यह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है प्रश्न नंबर पाँच 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे ऑप्शन है डलहौजी बी मिंटो सी कैनिंग या फिर डी लार्ड बैटिंग इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग लगाइए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग तो लॉर्ड कैनिंग ऐसा गवर्नर जनरल है जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है और प्रथम वायसराय है प्रथम वायसराय तो कभी कभी पूछ लेता है कि भारत के प्रथम वायसराय का नाम तब भी लॉर्ड कैनिंग ही होगा प्रश्न नंबर छह निम्नलिखित में कौन सा हंटर आयोग की सिफारिश थी संगठित सेनेट प्रणाली के लिए नया विनिमय महिलाओं की शिक्षा उच्च शिक्षा से राज्य समर्थन की धीरे धीरे वापसी या फिर ऑप्शन डी कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर नागरिक शिक्षा का परिचय तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग लगाइए इस प्रकार के सवाल टाइम टेकर होते हैं इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इस प्रण्ड का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महिलाओं की शिक्षा से प्रश्न नंबर सात 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव ने, तो सही उत्तर आप लोग बताइए तो हम ये आपको बता दें कि उन्नीस सौ इकतीस में कराची जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी लेकिन मूल अधिकारों का जो प्रारूप था उसको बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रश्न नंबर सौ सैतालीस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी ऑप्शन ए जेबी बी ने बी राजेंद्र प्रसाद ने सी अबुल कलाम आजाद ने या फिर डी जवाहरलाल नेहरू ने आप लोग तब तक के लगाइए हम आपको थोड़ी जानकारी दे, दे दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले अबुल कलाम आजाद हैं उन्नीस के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन दिल्ली में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद ने प्रश्न नंबर नौ निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित तो नहीं है आप सने महाद्वीपी प्रवाह ध्रुवों का भ्रमण श्री रूपांतर भ्रंश डी सागर इस नित्व का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ध्रुवों का भ्रमण प्रश्न नंबर दस निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है ऑप्शन है सतलज बी राबी सी चिनाब या डी ब्यास तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग लगाइए राबी नदी का उद्गम स्थान रोतांग दर्रे के पास है ब्यास का भी वहीं लगभग है जबकि सतलज का तिब्बत से मानसरोवर झील के पास से तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सतलज नदी का प्रश्न नंबर ग्यारह पृथ्वी पर मरुभमि होने की संभावना अधिक कहाँ पर रहती है किस अच्छांश पर रहती है क्या जीरो अच्छांश पर रहती है तेईस डिग्री अच्छांश के पास होता है पचास डिग्री अच्छांश पास होता है या फिर सत्तर के आस होता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग लगाइए प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर क्या होगा बताइए जल्दी से तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तेईस डिग्री अच्छा के आसपास प्रश्न नंबर 12 अरा एवं पेंगु योमा पर्वत कहाँ पर स्थित है ऑप्शन ए म्यांमार बी नेपाल सी भूटान या फिर डी चीन इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग लगाइए जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए म्यांमार प्रश्न नंबर तेरह हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं केवल भारत में केवल यूके में केवल यूएसए में या भारत और यूएसए दोनों में इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भारत और यूएसए दोनों में तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में एक और सवाल बताना है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन किस संविधान से लिया गया है किस देश के संविधान से लिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्रश्न नंबर चौदह भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है अनुच्छेद क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनुदीन में दी गई प्रक्रिया के अनुसार प्रश्न नंबर 15 राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है एक वर्ष के लिए दो वर्ष के लिए छह माह के लिए या फिर वर्ष के लिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों ने लगा लिया होगा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी तीन वर्ष के लिए अधिकतम प्रश्न नंबर 16 भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद उन्नीस में दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित किया जा सकता है अनुच्छेद 360, सौ साठ या जब चाहो तब स्थगित किया जा सकता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग लगाइए जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तीन अनुच्छेद तीन के तहत स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है राष्ट्रपति चाहे तो प्रश्न नंबर सत्रह भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस का मनाया जाता है ऑप्शन ए छब्बीस जनवरी को बी दो अक्टूबर को सी इक्कीस अप्रैल को या फिर डी चौबीस अप्रैल को इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चौबीस अप्रैल को चौबीस अप्रैल उन्नीस को ही तिहत्तर वहां संविधान संशोधन जो कि उन्नीस में हुआ था वह लागू हुआ था तब से चौबीस अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चौबीस अप्रैल प्रश्न नंबर अट्ठारह आय का वितरण मापा जाता है ऑप्शन ए फिलिप चक्र से बी लारेंज वक्र से सी मार्शल वक्र से या फिर डी लाफर वक्र से इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लारेंज वक्र से प्रश्न नंबर उन्नीस यह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से रुपए में धन जुटा सकती हैं क्या कहलाता है ऑप्शन ए आरबीआई बाड बी गोल्ड बाड सी मसाला बाड या फिर डी ओवरसीज तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मसाला बांड प्रश्न नंबर 20 बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा पूर्ति पूर्णता नियंत्रित होती है घाटे की वित्त व्यवस्था होती है सी केवल निर्यात होता है या फिर डी न निर्यात होता है ना आयात होता है तो बंद अर्थव्यवस्था का ही मतलब क्या होता है ना तो आयात हो ना ही निर्यात हो इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 21 वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग होता है ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर बी बैरोमीटर सी मैनोमीटर या फिर डी हाइग्रोमीटर तो आप लोगों को फिर से एक सवाल मिला है कमेंट बॉक्स के लिए कि हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बैरोमीटर वायुमंडली दाप नापने के लिए बाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है प्रश्न नंबर 22 निम्नलिखित में से किसे हमने वाली गैस कहा जाता है आपसे ने नाइट्रिक ऑक्साइड को बी नाइट्रस ऑक्साइड को सी नाइट्रोजन पेंट को या फिर डी नाइट्रोजन को इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा जो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग लगाए नाइट्रिक ऑक्साइड तो बिल्कुल गलत है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड प्रश्न नंबर तेईस मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र जिसे थर्मोस्टेट कहते हैं कहा स्थित होता है ऑप्शन ए पिट्यूटरी में बी में सी हाइपोथेलमस में या फिर डी फेफड़े में इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हाइपोथेलमस शरीर का कंट्रोल करता है टेम्परेचर मनुष्य में यूरिया का निर्माण कहां होता है प्रश्न नंबर चौबीस ऑप्शन है प्लीहा में बी लीवर में सी वृक में या फिर डी पित्ताशय में बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लीवर में प्रश्न नंबर पच्चीस पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई क्या है ऑप्शन है भूमंडलीय हेक्टेयर बी नैनोमीटर, सी हापस क्यूबिक फिट या फिर डी क्यूबिक टन बताइए प्रश्न का उत्तर क्या होगा प्रश्न नंबर ट्वेंटी फाइव इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन भूमंडली हेक्टेयर दस संख्या को बारह से गुणा किया जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा तो यह प्रश्न है इसको हम कैसे हल करेंगे आओ देखते हैं तो हम लोगों को एवरेज पता है पहले से ही कि एवरेज जो होता है वो पदों का योग फल होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या तो अब हमें पता है ये कि औसत कितना है छे तो बराबर हो जाए पदों का योग कितना है तो पदों का योग हमें पता नहीं है और पदों की संख्या पता है कि दस है तो इस प्रकार से इसका कंजुगेट गुणा हो जाएगा हो जाएगा पदों का योग कितना हो जाएगा पदों का योग हो जाएगा दशक का 60. अब नया औसत निकालिए तो 60 गुड़ा बारह बटा दस तो ये कितना हो जाएगा बराबर 60 गुड़ा बारह बटे दस इसको जब हल करेंगे तो आएगा 720 सौ बीस जब जीरो जीरो काट देंगे तो बचेगा बहत्तर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बहत्तर ऑप्शन डी उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा आप लाइन से लगाइए हमारी स्क्रीन इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हम पूरा एक साथ बता सकते हैं इसलिए आप लोग लाइन से देख लीजिए फिर अलग कर लीजिए बहुत ईजी तुरंत लग जाएगा प्रश्न नंबर 27 एक मोबाइल दो मोबाइल विक्रेताओं द्वारा 45 परसेंट के कुल लाभ पर बेचा गया यदि पहले विक्रेता ने इसे पच्चीस के लाभ पर बेचा तो दूसरे विक्रेता ने इसे कितने प्रतिशत लाभ पर प्राप्त किया तो इस सवाल को लगाने के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कि कितना होगा हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है इसलिए हम ये सवाल नहीं बता पाएंगे इस पर लेकिन थोड़ा थोड़ा बता देते हैं आपकी समझ में आएगा तो ठीक नहीं तो सीधे हम ऑप्शन बताएंगे आप लोग हल कर लीजिएगा उत्तर हम बता देंगे बस तो इसका क्रय मूल्य मान लेते हैं सौ और दोनों जो विक्रेता होगा कुल विक्रय मूल्य है दोनों का कुल विक्रय मूल्य मान ले है एक क्योंकि पच्चीस परसेंट लाभ पर बेचता है वह दूसरे विक्रेता को लाभ का परसेंट कितना होता है लाभ का परसेंट तो लाभ का परसेंट होता है 145 सौ 125 माइनस एक बटे एक सौ पच्चीस जब इसको हम हल करेंगे तो फिर से आएगा 20 बटे एक सौ पच्चीस जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16% तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सोलह प्रश्न नंबर 28 एक धनराश साधारण ब्याज दर पर तीन वर्ष में बयालीस और छह वर्ष में 6,000 हो जाती है ब्याज की दर कितनी है ये आप लोगों को बताना है तो ये बहुत ही लंबा सवाल हो जाएगा इसलिए हम इसको सीधा आंसर बता रहे हैं आप लोग इसको लगा लीजिएगा लग जाएगा आराम से तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पच्चीस नहीं लगेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा हम एक दिन इसको बता देंगे प्रश्न नंबर 30 यदि किलोमीटर घंटे की गति से दौड़ती है तो उसे 500 तो मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? प्रश्न प्रश्न नंबर इस का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मिनट आप लोग इसको भी हल कर लीजिएगा क्योंकि हम हल करेंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आप लोग परेशान हो जाओगे प्रश्न नंबर तीस अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है चीन में बी पाकिस्तान में सी भारत में या फिर डी नेपाल में तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आएगा जरूर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इंडिया में एमनेस्टी अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था है जिसने भारत में काम रोक दिया है और इसका जो मुख्यालय है एमनेस्टी का लंदन में स्थित है प्रश्न नंबर इकतीस हाल ही में किस फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नामित किया गया है ऑप्शन है अनुपम खेर को बी परेश रावल को सी प्रसवंत जोशी को या फिर डी शेखर कपूर को तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए करंट का सवाल है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शेखर कपूर को प्रश्न नंबर बत्तीस हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद सी एस आई आर के केंद्रीय अभियां अनुसंधान संस्थान सी एम ने विश्व का सबसे बड़ा विकसित कर कहा स्थापित किया है ये आप लोगों को बताना है ऑप्शन ए मुंबई बी चेन्नई सी दुर्गापुर डी हैदराबाद तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दुर्गापुर प्रश्न नंबर 33, 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों का चयन किया गया है ऑप्शन ए एक बी तीन सी चार या डी जीरो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तीन प्रश्न नंबर चौतीस पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व के किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड को बी लग्जमबर्ग को सी डेनमार्क को या फिर डी ब्रिटेन को तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डेनमार्क को ऑप्शन सी डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है प्रश्न नंबर 35 आला एक लोक प्रिय संगीत किस क्षेत्र का है ऑप्शन है रुहेलखंड का बी बुंदेलखंड का सी पूर्वांचल का या फिर डी पश्चिम उत्तर प्रदेश का तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि आला बहुत फेमस ही लोकप्रिय संगीत है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बुन्देलखंड का प्रश्न नंबर 36 निम्नलिखित में से किस नदी का जल क्षेत्र सर्वाधिक है? जो दी उनमें से गोन का ऑप्शन तो बी सोन नदी का प्रश्न नंबर सैतीस जैसे राजा किसी राज्य के लिए है वैसे राष्ट्रपति किसके लिए होगा ऑप्शन ए सीनेट के लिए बी प्रजातंत्र के लिए सी गणराज्य के लिए और डी संसद के लिए इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा प्रश्न नंबर सैतीस तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गणराज्य प्रश्न नंबर अड़तीस यह सीरीज़ दी है सिं पर विलुप्त संख्या है उस बिलुप्त संख्या को आपको निकाल के भरना है हम सीधे आंसर बता रहे हैं बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आप लोग लगा लीजिएगा नहीं लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर हम बताएंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर तीस का आंसर होगा बी इकहत्तर प्रश्न नंबर उन्तालीस ए डी की माँ है तथा बी की बहन है सी बी की पुत्री है जिसका विवाह एफ के साथ हुआ है जी ए का पति है जी डी का क्या लगता है यह आप लोगों को बताना है रिलेशन है रिलेशन आप लोग निकाल लीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हम आपको बता रहे हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उनतालीस का सी पिता जी डी का पिता होगा प्रश्न नंबर चालीस एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है यह पुरुष इस महिला का क्या लगता है ऑप्शन ए पुत्र बी भाई सी पति या फिर डी पिता तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी पिता पुरुष महिला का पिता है तो इस प्रकार से ये हमारा पहला मॉक टेस्ट समाप्त हुआ जिसमें चालीस प्रश्न थे और 40 के 40 जी के थे यही सवाल जी लेक्चरर में पूछे जाएंगे 40 शुरू के और फिर 80 होंगे सब्जेक्ट के कुल मिलाकर 120 आएंगे तो मैंने एक प्रैक्टिस सेट कम्प्लीट कर दिया है जिसमें 40 जी के और 80 सब्जेक्ट वाले थे अब आप लोगों को बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करके बाइकन बनाए उसको प्रेस कर लें जिससे हमारा जैसे वीडियो दूसरा पड़े आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए क्योंकि परीक्षा का समय ज़्यादा बचा नहीं है 19 सितंबर से 19 सितंबर से परीक्षाएं स्टार्ट है हैं अभी ये नागरिक शास्त्र का पता नहीं किस दिन लगेगा तो इसलिए ज़्यादा समय है नहीं हम अधिक से अधिक कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हल करवा पाएँ जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सके तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद